किसी ने क्या खूब कहा है कि कामयाबी सुबह की तरह होती है मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है